Chinti niye, iti niye, ei change niye, benti niye, baha niya bana, ei khush aaj thal la. Chinti niye, iti niye, baha niya bana, ei khush aaj thal la. Ishasha kalamana.